अल्लाह प्यार एक जख्म था मरहम था ऐश की गोद में मातम था सिलसिला दर्द का बेहस था पहले तो कभी कभी गम था अब मुसलसल मेरी हस्ती रहा है